था तुझको रात भी वो याद है मुझको तारे गिनते गिनते सो गया दिल मेरा धड़का था कसके कुछ कहा था तूने ने मैं उसी पल तेरा हो गया आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है चांद पर जान रुक जा तू घड़ी भर थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे पास मुझको यारा तू जरा सा कर इशारा दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते हाँ मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल सोचना क्या हाथ ये I have to make it right. गई और चली भी गई कोई दिल में सिवा तेरी आया नहीं जब भी सचदा किया नाम तेरा लिया भूल जाना तुझे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 सबसे मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए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 दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सब से मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए खुद को मैं संभालू तू बता तेरे बिन है सुना सोना मेरे दिल का कोना कोना तू क्या जाने कैसे इतने दिलजिया आ है मेरी रब से कुछ आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आई मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए पसंद आए जाने लगे हो लगता है कोई और गली जाने लगे हो हो देखे हम दोनों ने मिलके दफनाने लगे हो। करना तू और बर्बाद दे रोंदे दा लेना स्वाद छे सब प्यार नाओगे बड़ा बचताओगे बड़ा बचताओगे मुझे छोड़ गई जो तुम जाओगे बड़ा बचताओगे जैसे सो साल सोसल पंजाब कमी है तू तो। मैं भी न जान ये के इतना क्यों लाजमी है तू तो। नींद जाके न लौटी कितनी रातें ढल गई इतने तारे गिने के उंग भी जल गई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 जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले बहुत आई गई यादें मगर इस बात तुम्हें गिरादे फिर जाने की नहीं ले जा रे रात चुरा के सारे रंग ले जा राती राती में भीगू साथ तू ऐसी मुलाकात दे जा ले जा ले जा रे महकी तुम्हें चुरा के सारे रंग ले जा रा को तो साथ हुई तो असी मुलाकात ले जा कोई ढूंढ के बहाना अपना माना। चाहे रूठे जमाना चाहे मारे जगताना तुमको है पाना मुहे सारे ती के दुनिया ए गवारा नहीं हो सकता पर झूठ कारे के प्यार दुबारा नहीं हो सकता तू मैन पुछ नवाल चल दूर कित मेरे ना मैं किसी और का कहा बिलहाल के तेरा हो जाऊ मैं किसी और का कहा बिलहाल के तेरा हो जाऊ कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊ कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊ मैं किसी और का कहा बिलहाल मैं किसी और कहा हो जाऊ मैं किसी और का कहा बिल के तेरा हो जाऊ गल गलत है जो भी कह रिया जानी पर ए, भी देख तेरे बिन कि मर रहा जानी मर जागे ले मर जाऊंगे संभाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का फिलहाल कि तेरा हो जाऊं बतदा की हाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और कहा हाल के तेरा हो जाऊं अच्छा चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में धरती पे दुनिया हमें प्यार करने देगी तुम ना मेरी बाहू में मैं तो सो नहीं सकता खुदा ने तुझको दिया मुझे तुझे मैं खो नहीं सकता मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सन मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता चलें चले तुम्हें तारों के शहर में धरती पे दुनिया हमें प्यार करने देगी इस बात पे खूबसूरत लगते है हम साथ में जो भी मुश्क में होते हैं है दीवाली ऐसी खुशी नहीं देखी जाती मोहब्बत के जमाने से मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए तू तो खुद मर जाएगी जानी ना मरने देगी चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी अगर ये गाना आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and also subscribe Priyanka's channel the link is given below है बैठे तू मेरे रूबरू तुझको देखूं करता रहूं तेरे सासों में धड़के ये मेरा मेरी सांसों में चलता है बस एक तू इश्क रंग तेरे मुखड़ते छाया जदूद में थके आए चैन लिया कि सोना तेनु सोना तेनु रबु ने बनाया कि सोना तेनु रब ने बनाया जीकर बेखरा रहा कि सोना तेनु रबु ने बना र कि सोना तेन रघु ने बनाया तेनु कि सोना तेनु रब ने बनाया किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया जी जिकर देखदारवा किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया खुद भी पहले ना इतना यकी मुझ कहा पाया मुझ तेरे सर को सुखी मैरा बन चुवीर रािया चिमनला अपनी खुशी देके मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ मैं मिला जो तू यहाँ मुझे मैं तुझे तुझ मुझ को सबसे मजदा हो के अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं मिला जो तू यहां और दूर कहीं ना जाऊं। मुमकिन नहीं तू कभी सोच ना सके तेरे लिए छोड़ दी हूँ तुझे तुझको कितना चाहती हूँ कि कभी सोचना छोड़ दी है तो ही सांस कई ससुर मैं तुझको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तो ही सांस कई ससुला मैं तुझको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके